सिंगरौली में व्यवसायिक उत्कृष्ट मूल्यांकन दल ने सीएसआर गतिविधियों का दौरा कर उनकी गहन समीक्षा की मूल्यांकन कार्यकर्ताओं ने एनटीपीसी टी पी सिंगरौली सी के कामकाज की सराहना की और उन्हें मूल्यवान सुझाव भी दिए दल ने इस तरह के कई अन्य जगहों का भी दौरा किया व्यवसायिक उत्कृष्टता मूल्यांकन दल के आर कुलकर्णी दिनेश कुमार सिंह रौतेला और एस फिलिम्पसमस ने सी एस आर गतिविधियों का दौरा कर उनकी गहन समीक्षा की इस मूल्यांकन दल ने एन टी पी के कामकाज की सराहना की और कुछ सुझाव भी दिए दल ने डॉक्टर अंबेडकर स्कूल में अंग्रेजी बैच का उदघाटन किया और वहां के छात्र छात्राओं से बातचीत की इसके बाद दल ने राजकीय इंटर कॉलेज का दौरा किया जहां उन्होंने छात्र छात्राओं के सीखने के मानक में सुधार के लिए एनटीपीसी सिंगरौली सीएसआर द्वारा स्थापित विज्ञान प्रौद्योगिकी अंग्रेजी गणित लैब और पोर्टेबल स्मार्ट क्लास संचालन की सराहना की इसके बाद मूल्यांकन दल ग्राम पंचायत कोटा गया जहां उन्होंने 210 ग्रामीण जनों को कंबल बांटे आगे दल ने बालिका सशक्तिकरण मिशन सभी बैचों की प्रतिभागियों के साथ विवेकानंद विद्यालय में बातचीत की और बालिकाओं के प्रदर्शन की सराहना की इस अवसर पर ओम प्रकाश वरिष्ठ प्रबंधक विद्यालयों के प्राचार्य एवं शिक्षक गण सम्बन्धित ग्राम के प्रधान एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित रहे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है